आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फेसबुक को हम हमेशा के लिए डिलीट कैसे करेंगे स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फेसबुक को हमेशा के लिए कैसे डिलीट करेंगे ताकि ता हम जब भी सर्च करेंगे तब भी हमारा फेसबुक आई डी कभी भी शो नहीं होगी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा फ़ेसबुक पर जाना होगा हमें सबसे पहले फेसबुक ऐप को ओपन करना है ओपन करने के बाद में हमें यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर हम सेटिंग एंड प्रवाइसी पे क्लिक करेंगे या हमें सेटिंग पे क्लिक करना है अकाउंट में जो पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हम सबसे नीचे क्लिक करेंगे अकाउंट वैनरशिप एंड कंट्रोल पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर डिस्टिवेशन एंड डिलीशन पे क्लिक करना है अगर आप परमानेंट फेसबुक आईडी को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पे क्लिक करेंगे यहाँ आने के बाद कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर क्लिक करना इस इंटरफेस पे आने के बाद में हमें स्क्रॉल डाउन कर लेना नीचे यहाँ पर हमें ये बता रहा है अगर आप फेसबुक आई पे जितने कितने भी फ़ोटो इमेजेस वीडियो वगैरह है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर डाउनलोड एन पे क्लिक, डाउनलोड एन पे क्लिक करके तो हमें यहाँ पर हम कर सकते हैं ये कर ये सब कुछ करने के बाद हमें डिलीक्ट अकाउंट पर क्लिक करना अपना अकाउंट कंफर्म करने के लिए ये अपना पासवर्ड मांग रहा है अकाउंट को डिलीट करने के लिए ये पासवर्ड मांग रहा है हम यहाँ पर अपने पासवर्ड डाल देते हैं पासवर्ड डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं इस इंटरफेस पे आने के बाद में ध्यान से देखिएगा पर आपको कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कन्फर्म आपका अकाउंट तो डिलीट हो जाएगा लेकिन बट आपका अकाउंट जो है तीस दिन का टाइम लेगा तीस दिन के अंदर आप अगर वापस अपने मोबाइल में लॉगिन करते हो फेसबुक की आईडी तो आपकी आईडी जो है रीस्टार्ट वापस स्टार्ट हो जाएगी लेकिन वो डिलीट नहीं होगी तो आपको ध्यान रखने कि 30 दिन तक हमें कोई आईडी वापस लॉगिन नहीं करनी है हम ये सब कुछ करने के बाद में हमें डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है यहाँ पर आपका अकाउंट जो है परमानेंट के लिए डिलीट हो गया लेकिन यहाँ पर भी हमें एक बात ध्यान रखनी कि तीस दिन तक हमें वापस जो है अपनी आईडी को लॉगिन नहीं करना है अगर तीस दिन के अंदर आप करते हो तो आपकी रजिस्टार वापस आईडी हो जाएगी ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है ये बातें ध्यान रखनी है अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत